हेलो गाइस वेलकम माय ये मेरी दोस्तों ये में तो तो दसवीं कक्षा में पढ़ता हूँ और हरियाणा के छोटे गाँव में रहता हूँ और मैं बहुत गरीब घर गर ऐसी बिलोंग करता हूँ जैसे की दोस्तों मेरा इंट्रोडक्शन तो हो गया दूसरी जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं हम दूसरी लोकेशन पर आ चुके हैं और यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा है तो शाम का मौसम हो चुका है साढ़े चार बज चुके लगभग तो दोस्तों मैं ब्लॉग बनाने के लिए तो बहुत समय से सोच रहा हूँ पर मेरे पास कोई स्मार्टफोन नहीं मैं आज हिसार आया था मेरे दोस्त के पास घूमने के लिए और वो बोला कि हम मेरे फोन से एक ब्लॉग चैनल बनाते हैं और उस पर वीडियो डालेंगे तो आज दोस्तों हम हमारा फर्स्ट ब्लॉग बना रहे हैं और मेरा दोस्त यह ब्लॉग शूट कर रहा है। हैं दोस्त को तो बाद में अगले ब्लॉग में मिलाऊंगा तो अब हम मेरे दोस्त जहाँ रहता है की ऐसी जिंदगी है जिंदगी हम छिप छिपाए हम नम न ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए हम नया तो ऊपर बहुत ज्यादा दुर्घ की हुआ है तो हम अभी दूसरी लोकेशन पर आए हैं हम अभी ब्लॉग को समाप्त करते हैं तो बताइए कैसा लगा हमारा ब्लॉग कमेंट में जरूर बताना और हमारे YouTube ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें, और हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है the way